भोपाल के रविंद्र भवन में ग्रुप ऑफ महेश इंटरप्राइजेस वो जब याद आए बहुत याद आए एक संगीत में शाम सीजन थ्री का आयोजन करेगा यह संगीत कार्यक्रम देश के पूर्व शंकर दयाल शर्मा की 104वीं जयंती के मौके पर आयोजित किया गया है कार्यक्रम में जाने माने गायक अपनी रंगारंग प्रस्तुति देंगे हर साल की तरह इस वर्ष भी एम ग्रुप एक संगीत शाम सीजन थ्री का आयोजन करने जा रहा है आयोजन देश के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर किया जा रहा है कार्यक्रम 27 अगस्त को शाम 6.30 बजे से भोपाल के रविन्द्र भवन में होगा कार्यक्रम के आयोजक दिनेश गर्ग ने बताया कि विशिष्ट अतिथि के तौर पर आईआरएस राजेश फतेह सिंह डाबरे कार्यक्रम में मौजूद होंगे कार्यक्रम में नए और पुराने गीतों का संगम होगा आयोजन में वरिष्ठ और जाने माने गायक अशोक सिंह संजय शर्मा राजू राय गायिका पूर्वी सुहास गीतिका आयुषी गानों की प्रस्तुति देंगे इनमें केदार सिंह चौहान शीतुल संजीव झा प्रकाश अनिल ओझा राजकुमार महेंद्र मूलचंद विशाल शोएब खान अन्य सहयोगी के तौर पर शामिल होंगे कार्यक्रम के उद्देशक होंगे विनोद गुप्ता और संयोजक है सुनील सिंह आपको बता दे एम ग्रुप हर साल संगीत कार्यक्रम के जरिए पूरे भोपाल में धूम मचाता है और इस बार भी पूरे दमखम के साथ इस संगीत में कार्यक्रम का आयोजन सत्ताईस अगस्त को रविन्द्र भवन में कराने जा रहा है